फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में अगर ऐसे भैया में आपको चैनल अच्छी लगती है तो, तो, तो, तो सब्सक्राइब कीजिए और अभी अग... टरी लाखा बस थोड़ा बसना देखा सुनकर भोगली चटरी लाखा बस थोड़ा बसना देखा सुनकर भोगली संगमा बेटा बो मा तया सा पूरा गुण पूरा गुड़ने ला हो पा कटरी लाख खा बस थोड़ा बैसना बेटा सुनकर भोवी साय तुल रोनी मोरी सुखी हाया तुरे दे देव रे घर तुम सुख भरपू सुखी हया हु दे देव रे घर तुम सुख भरपू hovi chhatri laakha has thora beshmana mera sun kar aavovi saayam juddaro तलवार ली जो हाथ में मात बिजुम्हारा सुनकर हो वीर सिरूही तलवार ली जो हाथ में मात बिजुमार सुनकर हो वीर तीन काया जी बिलाती तू यहाँ जो गाया करारी बिलाती तू जो गाया पुकार करेरी लाख बस थोड़ा बैसना देता सुनकर बोला गा जो मारी सपूरा मा भगत बोला भी, भी गा तू मारी सपूरा मा संगीत जो सिंगड़े सिंह लाख बस थोड़ा बेसना देखा सुनकर भोवी साय वाली वीन इमरे लाखावास गाम सोहन पूर्ण रिवाली वीन इमरे लाख वाश गाम सोहन सिंह राी गुण लगाविया ओ ही लाखावास मा सोहन सिंह राी गुण लगावी सुटरी ला खास थोड़ा बैसना लेता सुनकर भौवी साय रोनी मोरी